हेलो फ्रेंड ये हमारे साथ 28 सितंबर के बैच है इनका हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका है इसका आज का कंप्लीट हुआ है सॉफ्टवेयर भी इनका कंप्लीट हो चुका है तो चलिए हम इनसे हम पूछेंगे कि इनका चार दिन का सफर कैसा रहा और जो पहले से काम कर रहे थे उनको कुछ नया मिला कि नहीं मिला तो ओवरऑल कैसी रही सॉफ्टवेयर के क्लास तो यहाँ सही तो सही सही है सही है तो भाई सही है कि मॉडल नहीं सर सर ऑनलाइन में कुछ फर्क है क्या नहीं सर ऑनलाइन वाले फोन ऑफलाइन कर सकते हैं अभी यस सर कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे एक करके सबसे थोड़ा साल दो दो सवाल पूछेंगे बस ज्यादा नहीं की कैसा रहा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल आप ये बताइए पहले सॉफ्टवेयर का काम करते थे कि नहीं बिल्कुल फ्रेशर थे अभी आपको कोई सा भी फोन दे दिया जाए तो उसमें आप कर लोगे एकदम तो स्टेप एक पता एक है आपको हाँ कि हमें हाँ कोई भी फोन आ जाएगा आपके हाथ में तो सबसे पहले क्या करना है फिर क्या करना है हाँ कर पाओगे। उसकी फ्लैशिंग और उसकी अनलॉकिंग कर पाएंगे अभी कैसा लग रहा है फ्रेशर होगी अब नहीं हो नहीं अभी फ्रेशर नहीं कर लेंगे चलिए ठीक है थैंक यू आप अपना नाम और कहा से हैं आप जी मैं मेरा नाम यूपी से। आप यूपी से हैं तो बस इतना आप पहले से काम कर रहे या? नहीं तो काम थे बिल्कुल फ्रेशर थे आप फ्रेशर है क्या जी अभी भी फ्रेशर है।, है।, है तो जो आपको देख रहा है यूपी ऐसी फ्रेशर स्टूडेंट आना चाहिए उनको समझ में आएगा एक बात नहीं समझ आ जाएगा समझ में आ रहा है ऐसा तो नहीं है की आप कुछ भी चीज पूछ रहे हैं और उसका जवाब न मिल रहा मिल रहा है सर अगर एक चीज आप डाउट है तो वो आप स्कीप कर देते हैं की बताते हैं बताते हैं ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा समझ में आया आपको चलिए ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू हमारे साथ अपना नाम और कहाँ से जी सर मैं राजकुमार भट्टाचार्य हूँ और वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल बस आपसे छोटा सा सवाल कैसा रहा आपके लिए सॉफ्टवेयर सर ये सॉफ्टवेयर मोबाइल और सॉफ्टवेयर बारे में तो मैं फुल नया हूँ जी लेकिन आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा से सीखा हो और बहुत अच्छा अब उसको प्रैक्टिस करना है क्या करना है चलिए थैंक यू सो मच जी सर हमारे साथ एक स्टूडेंट है अपना नाम और कहाँ से मैं विवेक कुमार झारखंड से अच्छा आप ये बताइए कि आप इससे पहले सॉफ्टवेयर पे काम करते थे नहीं सर नहीं करते नहीं। थे नहीं। अभी आपको किसी भी फोन की दे दिया जाए चाहे वो वीवो एम आई की अनलॉकिंग दे दिया जाए कर लोगे आप जी सर टूल आपको जो भी यहाँ पे सिखाया गया है प्रैक्टिकल सिखाया गया कि थ्यूरी नॉलेज दिया गया प्रैक्टिकल सर प्रैक्टिकल सिखाया गया है यहाँ पे फोन को डेट किया गया की नहीं दिया गया आपको कैसे लाइव बताया गया की नहीं बताया एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा का मतलब जो आप सोचे थे सीख पाएंगे कि नहीं नहीं पाएंगे। सोचे थे वो सीख लिए, सीख लिए, वो आपको प्रैक्टिकल मिला जी सर चलिए थैंक यू सो मच थैंक हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से आप सर मैं राजू कन्नरिया सर मैं मुंबई से हूँ सर अच्छा मुंबई से तो आपने ऐसा टेलीकॉम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से फुल कोर्स ज्वाइन किया आपकी हार्डवेयर कंप्लीट हो गई सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो गया तो ओवरऑल कैसा लग रहा आप सीख पाए या नहीं सीख बहुत अच्छा सीख गया सर सीख सीख अब आपको प्रैक्टिस करना है मेहनत करना है जो आपने देखा है उसको आपको अपने हाथों से प्रैक्टिस करना है तो करेंगे की नहीं करेंगे अगर आप करेंगे तभी आपके साथ ऐसे टेलीकॉम साथ में है अगर आप नहीं करेंगे क्योंकि मेहनत करने वाले के साथ ही कौन है मेहनत मेहनत नहीं नहीं करेगा? उसके साथ बिल्कुल भी है। है। तो आपको करना है। आप यहाँ से सीखे हो, आगे चल के आपको जो भी बताया गया चलिए ठीक सर, सर। आप है अच्छा थैंक यू हमारे साथ एक नाम और कहा से आपता नेपाल से है तो इससे पहले आप सबसे काम करते थे कितने सालों से कर रहे दो साल से कर रहे थे दो साल से कर रहे थे बस आपसे दो साल का एक्सपीरियंस और चार, चार, चार दिन का एक्सपीरियंस बताइए। चार दिन का बहुत लग रहा है सर। बहुत लग रहा है। चार दिन वाला कि दो साल वाला चार दिन वाला चार दिन वाला क्या लग रहा चार है चार दिन में सर बैनरी पहचान में आता था कौन सा टूल यूज करना था अभी जो आपने बनाया है ये क्या है सर हो जाएगा ये, जाए। ये आपका चार दिन मतलब ये क्या है मतलब इसको देख करके जी सर सही बता रहे हैं इसको सॉफ्टवेयर हो जाएगा इसकी कितनी वैल्यू है बहुत वैल्यू देख सकते हैं ये चार दिन का केवल एक पेज में सर चार दिन का कितने में हो गया है अगर इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो रिविजन हो जाएगा की नहीं हो जाएगा तो बस यही लिखवाएगा की और भी नोट बनवाएगा जो भी सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा सारे नोट्स बने सर yes, ओवरऑल आप आपका चालू हो गया था yes, हमने किया अच्छा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाया जाता है मैं यूज करता हूँ yes, yes, मैं यूज करता हूँ माउस कभी भी चलिए ठीक है हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम शिव है मैं नेपाल से अच्छा आप नेपाल से हैं। पास पास में ही हैं नहीं नहीं मैं लूबे साइड में है अच्छा इससे पहले आप सॉफ्टवेयर कर का काम करते थे कभी नहीं सर। कभी नहीं किया तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर कर पाएंगे नहीं कर बहुत बो, अच्छा लग रहा है सर। कर पाएंगे कर आपने नहीं नहीं। तो सारा चीज नोट भी किया हुआ है इन्होंने मैं इनका प्रश्न बताऊँ की हर एक चीज मूवेंट को इन्होंने नोट किया हुआ है तो चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है की इन्होंने कैप्चर किया हुआ है पर अभी मेहनत करना है की नहीं करना जरूर तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा नेपाल से कोई स्टूडेंट देख रहा है तो क्यों ज्वाइन करें क्यूँकि एशिया टेलिका में इंडिया का नहीं सर लगता है पूरा एशिया का नंबर वन यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है बहुत टफ है हार्ड है बहुत अच्छा है और डीपले इंडलेस पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं समझा के फिर तो तो आपको समझ में आया बिल्कुल बहुत अच्छा सर चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहां से कहा राठौर चित्तौड़गढ़ राजस्थान चित्तौड़गढ़ तो आप हमसे ये बताइए कि पहले आप सॉफ्टवेयर पर काम करते थे भाई सर कभी नहीं किया कभी नहीं किया अब आपको कभी अनलॉकिंग या फ्लैशिंग दे दी जाए कर लोगे आराम से अराम अराम अराम हमारे सॉफ्टवेयर में केवल कितने काम है कौन कौन से कोई नहीं सच भी नहीं तो यहाँ पे अगर कोई भी मॉडल का दिया जाए तो फ्लैशिंग अभी नहीं हो अभी, अभी, अभी तो पहले तो सोफ्टवेयर हार्ड लगता था बहुत सॉफ्ट हो गया सॉफ्ट हो गया पहले या आप या मार्केट में काम देते थे मतलब सॉफ्टवेयर अपनी सॉप में दूसरी दुकान से करवाते थे आप नहीं कर लेंगे अब तो दूसरी दुकान वो नहीं करेंगे सही बोल रहे थैंक यू सो मच थैंक यू सर हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और कहाँ से हैं मैं गणेश घर फ्रॉम ब्रह्मपुरी इन महाराष्ट्र अच्छा महाराष्ट्र तो से है तो इससे पहले आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करते, भी नहीं नहीं, करते नहीं, थे नहीं, अब आपको किसी भी चीज़ की अनलॉकिंग <laughs> या बहुत हार्ड लगा क्या नहीं नहीं सर अब तो सिंपल लग रहा था इजी है इतने स्टेप है सॉफ्टवेयर करने सर मतलब बोले तो दो टाइम स्टेप स्टेप स्टेप कितने पांच है, है, है, हाँ। अच्छा, हट सके से ऐसा बोलना है की बस करके भी, भी। पॉसिबल है चलिए ठीक है ओवरऑल अगर आपको कोई महाराष्ट्र से देख रहा है तो आना चाहिए या नहीं आना बिल्कुल आना चाहिए बढ़िया है वो मिला हाँ सर बोलिए थैंक यू सो मच उससे भी थैंक यू हमारे साथ तो चलिए आप, आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर पे की नहीं करते नहीं थे हम इसलिए पूछे बार बार की आप काम करते थे क्यूँकी मैं हम आपका भी एक्सपीरियंस जाना चाहते है की ओवरऑल आपको कुछ मिला या नहीं मिला नया तो आप बिल्कुल भी काम नहीं करते थे तो अभी आपको क्या लग रहा है काम कर पाएंगे कर पाएंगे, पाएंगे। आपके जैसा फ्रेशर स्टूडेंट अगर आपको कोई देख रहा है वो भी सोचता है कि सॉफ्टवेयर का काम हम सीखें तो क्या उनको आना चाहिए या नहींकॉमें तो तो तो तो ऐसा तो नहीं है की एक बार पूछने पे मना कर देते हैं नहीं सर ऐसा नहीं कितनी बार मतलब रिपीट करते हैं यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है बहुत अच्छा बहुत समझ में आया आपको चलिए ठीक है थैंक यू हमारे साथ स्टूडेंट है अपना नाम नाम झारखंड से झारखंड है तो चलिए आप मुझे ये बताइए इससे पहले आप काम करते थे सॉफ्टवेयर पे जी सर थोड़ा बहुत काम करते थे तो कहाँ पे फंसते थे सर जैसे डेड हो गया या फाइल नहीं चल रहा तो एरर आ गया तो समझ में नहीं आता था आगे क्या करना है फाइल का नॉलेज भी उतना नहीं जी जी जी अगर आपसे मैं बताऊँ की सैमसंग की अगर पचास फाइल है पचास नहीं चलिए दस फाइल है उस दस में से हमें एक फाइल डाउनलोड करना है तो कर लेंगे जी सर कर लेंगे की नहीं कर पाएंगे इसे दस में से एक फाइल डाउनलोड कर लेंगे चलिए ओवरऑल अब आपका खंड अच्छा अच्छा से मिला सर। मिला। सर। थैंक यू सो मच थैंक यू सर तो चलिए हमारे साथ एक नाम बताइए उदयपुर राजस्थान तो चलिए बस दोस्त आप फ्रेशर थे या नहीं थे खुद की शॉप है खुद का काम करते थे पहले? मार्केट से, कर मार्केट से करवाते थे अब क्या है बताइए ओवरऑल। अब खुद अब खुद करेंगे अब मार्केट का कर काम करेंगे कि नहीं मार्केट करेंगे का कर काम भी हम दिल, कर दिल से बोल रहे हैं बिल्कुल चलिए थैंक यू सो मच क्योंकि हम फटाफट रिव्यू ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो न करके ओवरऑल बस एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ले लेते हैं नाम और कहाँ से है? नाम राजस्थान आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे अरे? नहीं सर, बिल्कुल थे। बिल्कुल नहीं करते नहीं। थे।, नहीं। थे अभी आप कर पाएंगे या नहीं कर पाए बिल्कुल कर पाएंगे जो है एकदम जेनुअन बताइए की आपको ओवरऑल कैसा लगा सॉफ्ट समझ में आई सर जी थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और अपना नाम कहाँ से आ सर मेरा नाम रोहता था आगरा फिर आगरा से तो आप पहले आप करते थे। बिल्कुल नहीं करते नहीं कर पाएंगे यहाँ पे समझाने का तरीका कैसा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया का मतलब आप सीख पाएगी नहीं सीख पाए अगर आपको अनलॉकिंग करने के लिए आप कर पाओगे की नहीं पाएंगे उसको किस वे में स्टेप बाई स्टेप ड्राइवर का नॉलेज सारा नॉलेज मिला की नहीं मिला चलिए ठीक है थैंक यू हमारे साथ एक स्टूडेंट है मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि ये हमारे पहले भी स्टूडेंट आपने इनको देखा होगा तो आप ही थोड़ा बताइए क्या है आपका मैं चंदन कुमार देवघर झारखंड से हूँ जी और मैं सॉफ्टवेयर का, का काम लगभग 10 साल से कर रहा 10 साल से आप सॉफ्टवेयर पहले आप पहले भी आए थे हाँ और इनकेस में ये स्टूडेंट चले थे, रीजन गए थे घर थे उन्होंने वापस ज्वाइन किया है तो अब बताइए आप दस सालों से काम कर रहे थे तो दस साल का एक्सपीरियंस सर चार दिन का एक्सपीरियंस नहीं सर ये चार दिन का एक्सपीरियंस दस साल पे हावी हो गया सर दस साल पे हावी है तो आपको कुछ नया मिला की नहीं मिला बिल्कुल सर बहुत कुछ कुछ ट्रिके जो है वो नहीं मिली है भाग्य बाईपास वगैरह के नए नए ट्रिक मिले हैं वो बेस्ट है सर अब छोटा सा सवाल कि जो सोचते हैं कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं 15 साल से काम कर रहे हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिल्कुल सर जो 10 साल से काम कर रहे हैं 15 साल से काम कर बगैर एशिया टेलीकॉम के और यह सब ट्रिक एशिया टेलीकॉम ही दे सकता है क्योंकि ये सारी चीज यूट्यूब में डली है क्या नहीं सर ये ट्रिक तो यूट्यूब में नहीं तो ये कहाँ मिलेगा ये एशिया टेलीकॉम ये दिल से बोल रहे हैं आप ये एकदम बिल्कुल सर दिल से चलेगा थैंक यू सो मच अगर आपको कोई झारखंड वहाँ से देख रहा है तो क्यों आया टेलीकॉम बस दोस्तों टेलीकॉम इसलिए अगर न्यू न्यू ट्रिक के लिए या फिर जीरो से लेके हीरो तक बनना हो तो वो एशिया टेलीकॉम आया ट्रिक मिलेंगे कि वो खुद अपडेट पे, इसके बाद वो खुद रिव्यू देंगे सर चलिए थैंक यू सो मच चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहा से है सर मैं निजाम तेलंगाना ऐसी हूँ छोटा तो सा सवाल की आप पहले काम करते थे या नहीं करते थे कितने सालों से कर रहे थे आप काम कर रहे थे तीन साल का एक्सपीरियंस और चार दिन का एक्सपीरियंस तीन साल में बस मैं ये करता था जो फोन अलग हो गया हो गया जो फ़ाइल मिली तो फ्लैश कर दिया तो हो गया डेड हो गया तो छोड़ दिया तो कुछ नया मिला आपको बहुत कुछ मिला सर अच्छा एक चीज जैसे आप जैसे दस साल से काम कर रहे हैं तो दस साल में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं जो फ्रेशर स्टूडेंट है तो क्या वो सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे ये सर, इतने इजी वे वे एसिया टेलीकॉम के टीचर सारे बता रहे हैं कि वो आराम से सीख लेंगे सीख पाएंगे क्योंकि आपका दस, का दस साल का एक्सपीरियंस है, सर, है। सर, आपको काफी टाइम लगा होगा सीखने में सर, तो इनको चार दिन में सीख रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है चार दिन में पॉसिबल नहीं है लेकिन रास्ता पता चल गया है सर अब उसमें मेहनत अब उसमें मेहनत करनी पड़ेगी तो ये आपका 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं आप बाकी इनका मतलब समझाने का तरीका कैसा है क्योंकि आपने सारी क्लास ज्वाइन की सर वो टीचर लोग इतने ईजी वे में समझाते हैं कि, कि कस्टमर के माइंड में अच्छे के लिए अच्छे से चले जाए और अच्छे से वो समझ जाए थैंक यू सो मच ओवरऑल आपको कोई देख रहा है तो क्यों टेलकॉम ज्वाइन करें बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए जिसको नॉलेज लेना है जिसको ट्रिक मालूम करना है ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहिए, चाहिए। करना। आपने जो सोचा था वो आपको मिला आप पहले सॉफ्टवेयर में काम करते थे कितने सालों से कर रहे हैं दस सालों से आप काम कर रहे हैं वही सवाल एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो यहाँ पे रिसर्च स्टूडेंट है जिन्होंने कभी भी माउस नहीं पकड़ा है तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका कैसा है वो सीख पाए हैं की नहीं पाए क्योंकि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 10 साल में कुछ आपको नया मिला यार मुझे बहुत कुछ नया मिला जान के जहाँ पे मैं बचता था वो यही ट्रिक मिल गया इसी ट्रिक मिल गया अभी आप कर पाओगे अभी मार्केट का, का काम जो नहीं हो रहा था वो आप कर पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे जी जी। कोई भी से आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्पलीट हुआ अभी तो MMC बाकी है उसमें आपका इंडलेस सोल्यशन मिल जाएगा कि phone, अगर डेड है या फिर सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है हार्डवेयर से प्रॉब्लम है वो सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा ओवरऑल जो आपको देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे जो फ्रेशर स्टूडेंट है और जो पहले से काम कर रहा है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी है तो अपडेट होना है तो एशिया टेलीकॉम जरूर ज्वाइन करें चलिए थैंक so यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और है। अपना नाम और कहाँ से आप संतोष कुमार उड़ीसा से उड़ीसा से तो आप वही सवाल आपसे भी है कि आप पहले से पे काम करते थे नहीं सर नहीं करते थे बिल्कुल फ्रेशर थे तो बिल्कुल बिल्कुल अभी फ्रेशर है क्या नहीं सर नहीं है फ्रेशर अभी आपको किसी चीज़ की दे कर लेंगे। चार दिन के है बहुत है अभी। का ही पूरा लाइव से बोल रहे हो आप थैंक यू सो मच हमारे साथ चंद्रगान उड़ीसा ऐसी ओवरऑल ए सी टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करना चाहिए बस इतना बता दीजिए एसिया टेलीकॉम से बहुत अच्छा आप जो सोच के उम्मीद लेके आए थे आपको मिल रहा so हमारे साथ है आपकी स्माइल अच्छा, आप तो शुरू से देखा जा रहा है क्योंकि आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाकी है तो ओवरऑल कैसा रहा ये चार दिन का सफर बहुत अच्छा जी सर जो छह महीना हमें नहीं मिला है वो चार दिन सीख गए फिलहाल है एफआरपी में आपने कितने हाँ सिर्फ दो हो जाता है तो तो याँगे तो याँगे। कि से तो यहाँ पे प्रैक्टिकल बताया गया न सर बेटी बताया गया है आप सर्टिफाइड हो जी सर क्या बोलना चाहेंगे राजस्थान ऐसी जिसको भी अच्छे से ना सीखना है वो आ सकता है साथ एक स्टूडेंट हो रहा है अपना नाम और कहा से यहाँ सर मैं कृष्णा सिंह सर एमपी पी सिंह सर एमपी से तो आप बता ही बताइए आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में सर मैं करता था सर काम लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं बनता रहा मेरे लिए सॉफ्टवेयर बहुत हार्ड था लेकिन अब इजी हो गया सर इजी हो गया ये सच बोल रहे हैं दिल से सर, बोल रहे क्योंकि अभी आपका हार्डवेयर कम्प्लीट हुआ है अभी सॉफ्टवेयर कम्प्लीट हुआ है अभी एम बाकी है वो मिले सर के साथ आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर कैसा रहा आपका सर बहुत अच्छा रहा लग रहा है बहुत ईजी है सर बहुत ईजी है अब इसमें मेहनत करना आपको क्या करना है मेहनत करना सर चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और है कहा से हैं से है, कुमार कुमार। आप मेरे पास अच्छा कुमार कुमार आप हमें नहीं करते सर नहीं करते थे अब करेंगे अभी करेंगे बहुत हार्ड लग रहा है अभी नहीं यहाँ समझाने का तरीका कैसा है इधर बहुत अच्छा है प्रैक्टिकल बेस है प्रैक्टिकल बेस है इधर करके दिखाते हैं कोई भी फोन का का आप रहता आपने है। जो सोचा था आपको मिला आ, बहुत मिला मेरे को चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ और है अपना नाम और भरत है, है मैं मुंबई से हूँ अच्छा रहा मैं फर्स्ट डे पे आप क्लास ले रहा था सर मुझे नहीं समझा मैंने घर पे जा रूम पे जाके आपकी रिव्यू क्या है फाइल्स क्या है सर बूटिंग गया है, सब आपको यहां पे किया इंस्टीट्यूट में आपने चलाया हाँ सर चलाया खुद से किया था पूरा दिन मैं ही था यहां पर तो समझ में आए सर हाँ सर समझ में आ गया तो ओवरऑल जो फ्रेशर स्टूडेंट आपको देख रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे सोचिए मत सीख जाओगे आराम से सीख जाएंगे थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से है निखिल आप हमें ये बताइए आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर में काम नहीं करते थे आप कर पाओगे कर पाएंगे कॉन्फिडेंस है, होना चाहिए है नहीं होना चारे चारे? होना अच्छा कॉन्फिडेंस आता कैसे आप सीख पाते हो जब आपको सिखाया जाता है तब की जब नहीं सीख पाते हो जब सीखेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना ये दिल से बोल रहे हैं चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक लास्ट स्टूडेंट और नाम और कहाँ से है सर मेरा नाम है चलिए बस आपसे ये पूछना चाहते हैं आप सॉफ्टवेयर में काम करते थे पेंसिल में करता था तो सॉफ्टवेयर में कहाँ फंसते थे और कुछ नया मिला है सर जो पहले लोगों पे जो सेट आते थे वो सारे डेली करता था जी जी पर अब मुझे नहीं हो गया डेट नहीं होगी सारी कर दूंगा। ओवरऑल आपको अगर राजस्थान से कोई देख रहा है हाँ। तो क्या बोलना चाहेंगे घर पे खाना खाए और दो जाए छोटा <laughs> सा एक्सपीरियंस नहीं बताइए जो फ्रेशल स्टूडेंट है उनको सही तरीका दिया गया बताया गया नहीं बताया एकदम बढ़िया दी गई है और बढ़िया काम होने से सिखाया गया चलिए थैंक यू सो मच चलिए ओवरऑल जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिखाया सिखाया गया गया तो प्रैक्टिकल कि के यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ बोर्ड में दिखा दिया गया हूं? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पूरा दिखाया गया है एफआरपी अगर अनलॉकिंग की बात की जाए तो अब आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे दिखाना फाइनल नोट कर एक छोटा सा सवाल कितना इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है और ये सारी क्लास है आपकी कि नहीं है अगर आप इसको एक बार देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा कि नहीं होगा जी जी हो जी जी तो क्या बोलना चाहेंगे लास्ट बहुत बढ़िया बेस्ट है सर। बेस्ट है। समझ में आया चलिए तो एशिया इंडिया का नंबर स्ट्रीट कौन है थैंक यू सो मच